हरे कृष्णा सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में शुरू करते हैं मंगलाचरण okay, ओम अज्ञान तिरांधनाशलाक चक्ष निर्मित ये ना तस्म श्री गुरु नम श्री चैतन्य मनोभ स्थापित ये नूतले स्वयं कदा ददा सौपदा वंदेहम श्रीगुरोपकमल श्रीगुरोन वैष्णवाशाग्र श्री जा सहगढ़ रघुनाताम सजीवं साधुवेद सवधूत पर्जन सहित कृष्ण देवं श्री राधा कृष्ण पैगलिता श्री विशाका विशाच हे कृष्णकुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषुभासुते देवी प्रणमा हरिह वाचा कलपतरूप से कृपा सिंधु पति पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु निनंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासागौरभक्त वृंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे राय राम भद्राय रामचंद्रा वेदसे रघुनाथाथा सीतया नम नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठा भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी नाम नमस्ते सारस्वते दिवे गौरवाणी प्रचारिड़े निर्विशेष शून्यवादी ओके हरे कृष्णा ठीक है तो हम आज पढ़ेंगे भगवत गीता का रूप अध्याय आठ श्लोक सत्रह ऐसा लग रहा है कि अध्याय बहुत दिन से चल रहा है है ना जो कि छोटा है बिल्कुल क्योंकि बीच में छुट्टिया में पी हूंगी ना इस वजह से है। है। तो कल श्लोक का श्लोक कहाँ पे खत्म हुआ था भगवान क्या बोल रहे आ ब्रम्मा भवनालोको लोका ब्रह्मा भवनालो का ये था ना श्लोक बाकी आगे था आ ब्रह्मा लोका श्लोक तो ये था चीज़ हाँ पुनरावर्ती नो सो अर्जुना दे दे दे दे। मतलब ब्रह्मा से लेके नीचे तक जो जितने भी लोक हैं इन सब में जन्म मृत्यु है लगी रहती चक्र लगा हुआ है तो यहाँ पे क्वेश्चन उठेगा फिर क्वेश्चन ये उठेगा आ यदि इस विश्व के जो उच्च लोक हैं इनमें भी जन्म मृत्यु है तो फिर जो महान योगी है ये क्यों फिर जाना चाहते हैं उच्च लोगों में देखा ना कोई स्वर्ग में जाना चाहता है कि ब्रह्मलोक कोई दुर्गा के यहाँ जाना चाह रहा है कोई कहीं जाना चाह रहा है क्यों क्यों चेष्टा करते हैं लोग जाने के लिए जबकि यहाँ पे तो बता रहे हैं भगवान की ब्रह्मा से लेके यहां सब नष्ट होने वाले हैं सब फिर भी क्यों जाना चाह रहे हैं तो यद्यपि उनके पास सिद्धियां हैं फिर भी मतलब सिद्धियां होती हैं सिद्धियों के पास ज्ञानी लोगों तो में सिद्धियां भी होती हैं तो बताते हैं कि कि जीव का जो स्वभाव है वो क्या भोग करना अब यहाँ पे तो भोग मिलेगा तो वो क्षणिक मिलेगा लेकिन उच्च लोगों में जीवन तो बहुत लंबा है ना मृत्यु तो है लेकिन जीवन तो बहुत लंबा है ना ब्रह्म में स्वर्ग लोक में जीवन लंबा है और वहां पर बीमारी नहीं है ये सब नहीं है मतलब काफी फैसिलिटी अच्छी है इसलिए लोग जाना चाहते हैं क्योंकि भोग का स्वभाव है ना भगवान को पाने का स्वभाव नहीं है ये तो कोई कोई बताया ना कि सहस्त्र मतलब कि बहुत सारे लोगों में कोई एक होता है जो भगवान के लिए प्रयास करता है भगवान को समझने के लिए तो सारे तो प्रयास नहीं कर रहे तो इसलिए भगवान ये इस लोग बोल रहे हैं कि बता रहे हैं कि ब्रह्मा के लोक में कितनी एज है मतलब ब्रह्मा की एज कितनी है वहां पे कितने साल का जीवन है स्वर्ग लोगों के कितने साल का जीवन है तो ये इस्लोक इस में खाली ये यही है ठीक है मतलब ब्रह्मा का एक तरीके से वो ये बार बार समझ में नहीं आता है ना तो ब्रह्मा का चतुर्युग्र डीपली समझाएंगे बिल्कुल समझ में आ जाए ठीक है तो पहला हम श्लोक पढ़ते है सहस्त्रीयुगा पर्यतम हरिया ब्रह्म रात्रिम युग सहसा तेहोरा युग सहस्त्रुग पर्यंत युग मतलब इस प्रकार से जो एक हजार युग तक सहस्त्र एक हजार युग तक सहस्त्र युग युग पर्यंत पर्यतम अह्रदय ब्राह्मण विदा विदो जो एक हजार चतुर्युग जो साइकिल होती है एक हजार चतुर्युग की जो साइकिल होती है उनको ब्रह्मा जी की नीचे बोल रहे हैं रात्रि उनको जो जो तो पूरे साइकिल होती है जो एक हजार चतुर्युग की जब वो पूरी साइकिल मतलब एक हजार चतुर्युग जो पूरे होते हैं उसको ब्रह्मा की रात्रि कहा जाता है ऐसे ही एक हजार चतुर्युग और होते हैं उसको ब्रह्मा के दिन बोला जाता है यानी दो हजार चतुर्युग हो गए उसको ब्रह्मा की दिन रात दिन रात समझ लो ठीक है और इतना ही दिन होता है तो कह रहे हैं कि रात्रि युग सहस्राम मतलब उतना ही दिन उतनी रात्र ते फिर कह रहे हैं ते ते हो रहा रात्रि विदो जना तो विदो मतलब होता है जो जानते हैं ब्रह्मा की दिन और रात को जो जानते हैं उनके लिए बता रहे हैं तो कह रहे हैं यहाँ पे कि जो जानने वाले हैं ब्रह्मा जी की रात और दिन को जो जानने वाले हैं या फिर जो समझते हैं कि ब्रह्मा का दिन हजार चतुर्युग और ब्रह्मा की रात्रि हजार चतुर्युग है जो ये जानने वाले हैं तो कौन जानता है ये बताएंगे ठीक है तो जो जानता है भी तो बताएगा ना तो कितने है, कितने दिन है तो पढ़ते हैं मानवी गणना के अनुसार एक हजार युग मिलकर ब्रह्मा का दिन बनना बनता है और इतनी बड़ी ब्रह्मा की रात्रि भी होती है अब तो इसको समझो जैसे कि एक युग का मतलब होता है एक चतुर्युग ठीक है एक चतुर्युग तो भला ये क्या है ये ये मतलब क्या क्या किस्सा है ये ब्रह्मा जी के दिन का है ना कन्फ्यूज आते हैं क्या किस्सा है ब्रह्मा जी के दिन का तो समझते हैं सबसे पहले हम लेते हैं कलयुग व्रेता युग और सब ठीक है कलयुग जो है कितने सालों का है चार लाख हजार इसको बोलते हैं वन ठीक है उसका डबल यानी 2x क्या है द्वापर युग यह है आठ लाख चौसठ है साल का यानी 3x यानी चार एक चार चार दूनी बारह चार दूनी आठ चार बारह तो बारह साल का हो गया फिर आया लास्ट में सत्युग सत्रह में चल रहा द्वापर त्रेता, यूग। त्रेता यूग सत्युक आया सत्युक सत्युक सत्यु होता है सत्रह मैंने कर दे भूल जाते हैं नोट नोट करना नुद करना ठीक है तो सत्युक सत्रह अट्ठाईस सत्रह लाख अट्ठाईस हजार साल का अब ये टोटल मिलाएंगे ना चारों चारों को अगर हम एज मिलाएं, चारों के साल मिलाएं, तो होंगे तैतालीस लाख 20 हजार जब इतना समय निकल जाता है तैतालीस लाख 20 हजार साल जब इतना समय निकल जाता है इसको कहा जाता है एक दिव्य युग या एक महायुग इसको क्या बोलते हैं एक दिव्य युग या महायुग ठीक है ये समझ में आ गया युग समझ में आ गया एक, एक युग है ये ठीक है सिर्फ ओनली एक युग तैतालीस लाख बीस हजार साल का एक युग हो गया ओके ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं कितने मनु होते हैं 14 मनु होते हैं और 14 मनु होते हैं और एक मनु में होते हैं 71 युग यानी साइकिल मतलब जो ये मैंने बताया ना तैतालीस बीस साल ये एक साइकिल है ऐसे 71 साइकिल ठीक है यानी हाँ ठीक है तो चौदह मनु हो गए और ब्रह्मा जी के एक मनु में इकहत्तर युग होते हैं यानी जो मैंने इतना समय बताया वो तो इकहत्तर बार एक बार फिर एक बार ऐसे इकहत्तर बार तब एक मनु की डेट होगी ठीक है ऐसा करते हैं। तो चौदाह इंटू एक मनु होता है ब्रह्मा जी के जब एक मनु जाता है तो इकहत्तर युग निकल जाते हैं तो अब अब मनु अब कितने एक दिन में कितने मनु होते हैं ब्रह्मा जी के में चौदाह तो चौदह कितने करेंगे इकहत्तर चौदह इंटू इकहत्तर होगा ना मान लो एक मनु में इकहत्तर जा रहे हैं तो चौदह मनु में भी जाएंगे तो चौदह इंटू इकहत्तर करेंगे तो रिजल्ट आएगा का एक दिन हजार युग के बराबर है हजार चतुर्युग तो ये हजार चतुर्युग सम कैसे हुए हजार चतुर्युग बता हजार चतुर्युग कैसे हुए समझ नहीं आए कैसे समझाता हूँ देखो एक युग यानी महायुग इसको बोलते हैं तैतालीस लाख बीस हजार साल जो अपने कलयुग और द्वापर त्रेता सत्युग जब ये पूरा समय निकल गया इसको बोलते हैं एक युग ठीक है एक युग बोलते हैं ऐसे एकहत्तर युग एक युग निकलेंगे तब ब्रह्मा के जीवन में जो एक मनु है वो खत्म होगा ऐसे ब्रह्मा जीवन के जीवन कितने मनु है चौदह मनु है तो जब चौदह मनु खत्म हो, तो मनु हो तब ब्रह्मा जी का एक दिन खत्म होगा ओनली दिन रात नहीं है ओनली दिन दिन खत्म होगा दिन खत्म होगा मतलब चौदह इंटू कातर कर दो ना सीधा मतलब एक में कातर तो मनुग हो गए ऐसे के करेंगे तो 994. तो कितना आएगा यानी माना जाए अब समझ नहीं है, है? नहीं ऐसे गया। एक, हाँ। एक मनु के जीवन में इकहत्तर जो कातर युग है वो निकल जाते हैं ये करेंगी तो नाइन नाइन फोर हो गया नाइन नाइन फोर मतलब हजार मतलब हजार बार निकले खाली मैं ये बता रहा हूँ या तो समझ लो ये मैंने बताया तेतर हजार साल का ये महायुग हो गया है कैसे ऐसे इकातर युग इकहत्तर युग जोड़ लो ऐसे एक मनु चलेगा मनु को चल छोड़ दो मनु मैं बीच में नहीं ला रहा हूँ इकहत्तर युग हो गए तो अब लाइफ में खाली चौदह मनु होते हैं ब्रह्मा के एक दिन में चौदह तो चौदह इंटूतर करेंगे तो था था। यानी हजार छत्र निकलने पे ब्रह्मा जी का एक दिन होता है यानी बारह घंटे यानी ब्रह्मा जी के बारह घंटे होते हैं एका जब इकहत्तर युग लेकिन इकहत्तर युग को हमें इंटू करना पड़ेगा क्योंकि मनु चौदह होते हैं ना इस तरीके से तो तभी तो इकहत्तर तभी तो हजार आएगा नहीं आएगा कैसे या हम डायरेक्टली बोल दो बोलो कि जो युग होते हैं ना ऐसे हजार चतुर्युग निकल जाएंगे तो ब्रह्मा जी एक दिन हो जाता है ठीक है ओके हजार युग निकल जाते हैं लेकिन ये और डीपली बता रहे हैं ना हजार युग कैसे निकलते हैं मतलब एक मनु आते हैं एक एकहत्तर निकलते हैं फिर मनु आया फिर एकहत्तर फिर मनु आया फिर चौदह एक... बार मनु आएंगे एकहत्तर इकहत्तर निकलते निकलते हजार हो जाएंगे और फिर ब्रह्मा जी की एक रात हो जाएगी इसी तरीके से ब्रह्मा जी की रात्रि है यानी दो चतुर्युग इसी तरीके से ब्रह्मा के तीस दिन है और इसी तरीके से ब्रह्मा की एक साल है और इसी तरीके से ब्रह्मा का सौ साल है उसके बाद ब्रह्मा जी शरीर छोड़ते हैं ठीक है तो कितना लंबा समय है बहुत लंबा समय इसलिए तो कहा जाते है? तो हैं हाँ हाँ तो ये शरीर शरीर छोड़ के मतलब तो वहां छिड़ने चले जाते हैं मतलब शरीर छोड़ने का मतलब यही है कि वहां से मतलब बोलते हैं ना कि ब्रह्मा की भी मृत्यु होती है एक तरीके से ऐसे बताते हैं ना, ना मृत्यु ये वो अपना राजा छोड़ के ना वो ना तो खत्म करके वो तो धाम चलेगा अगर तुम धाम जाओगे तो तुम्हारी मृत्य जाओ मृत्यु नहीं होगी होगी कि नहीं होगी ऐसा चले जाओगे मृत्यु होगी ना तो मृत्यु के बाद वो सब वहाँ चले जाते है ठीक है तो अब एक बार बताओ ब्रह्मा जी का एक दिन में क्या होता है मतलब ये बताओ एक दिन कितना समय उसमे एक दिन मतलब एक चत्रयोग। चत्रयोग। एक चत्रयोग में एक जो होता है उसमें युग कितने होते हैं एक, एक चतुर्युग में मतलब साल कितने होते हैं पाँ पाँ पाँ. एक चतुर्युग में।, में साल कितनी होती है एक चतुर्युग में साल कितनी होती है एक साल मतलब बता रहे थे तो ये मिला के ये, ये, ये मिला के युग हो गया ये ऐसे एक, एक मनु हर बाद एक एक ब्रह्म मनु की मृत्यु हो जाती है तो ऐसे जब चौदह आएंगे तो फिर हजार हजार चतु हजार चतुर्योग गए पूरे इस तरीके से ठीक है और अगर अभी पूरा भी कैलकुलेशन बताऊंगा पूरी कैलकुलेशन कितनी है सौ साल की कैलकुलेशन कर सकता है कोई अब 100 साल की कैलकुलेशन देखो करो कैसे करो देखो पहले करेंगे हम तीन सौ पैंसठ इंटू तीन और फिर जो आएगा उससे करेंगे इंटू इंटू सौ सौ साल लेकिन ये ना तो कैलकुलेटर में आएगी किसी में आएगी कंप्यूटर पे करके देखा था कंप्यूटर में भी नहीं आ रहा था ब्रह्मा गणपति क्या ब्रह्मा गणपति बुद्ध इंद्र ये सभी योग योग्यता है मतलब ब्रह्मा गणपति बुद्ध इंद्र से सभी योग्यता है समझे नहीं ब्रह्मा गणपति बुद्ध इंद्र मतलब समझे नहीं ये ब्रह्मा के लोक की खाली में बता रहा हूँ एच आयु ठीक है तो एक बार मैं फिर से बता दू देखो सत्य युग, चार युग हैं जो अपने ठीक है ये पूरे हैं तैतालीस लाख बीस हजार साल के तैतालीस लाख बीस हजार साल का इतना समय बीत जाता है तो इसको बोलते हैं महायुग या है, एक युग ओनली एक युग ऐसे इकहत्तर बार साइकिल घूमती है ये पूरा साइकिल भूमि दोबारा घूम गई जैसी इकतर घूमती है तो ब्रह्मा का जो मनु है उनके एक दिन में चौदह मनु होते हैं ब्रह्मा एक मनु चले जाते हैं ठीक है ऐसे करेंगे तो हजार तो डायरेक्टली बोल दो कि ब्रह्मा का एक दिन में कितना समय होता है हजार चतरीय सिंपल लेकिन बोले कोई डिटेल में बताओ कैसे तो डिटेल में ऐसे बता सकते हैं ठीक है वो की ये तो हो गई वो आप कोई बोले स्वर्ग का बताओ स्वर्ग का भी बताओ जाना तो स्वर्ग में है ना ब्रह्मलोक क्या करना भक्ति कर सकते हैं माल तो स्वर्ग में है ना सारा माल तो स्वर्ग में ही है एक्चुअली स्वर्ग का अगर वर्णन पड़े लोग स्वर्ग जाने की इच्छा हो जाएगी वर्णन और फिर ये और सुन लोगे ना कि जो भक्त है वो वहां भोग के प्रवही से चला जाएगा फिर दिक्कत क्या आ रही है देखते चलते हैं इसीलिए तो प्रभुपात जी कहते हैं ना कि मेरे अस्सी परसेंट भक्त कहाँ जाएंगे स्वर्ग लोग जाएंगे ठीक है लेकिन तो स्वर्ग में क्या है देखो यहां पे जो समय होता है स्वर्ग में एक दिन यहां के छह मन वहां का एक दिन होता है यहां के छह महीने स्वर्ग का एक दिन होता है ओनली दिन दिन मतलब डे हाँ ऐसे ही फिर हमारा एक दिन ऐसे ही फिर हमारा एक सॉरी हमारा एक दिन मतलब हम अपने दिन की बात कर रहे हैं तो तो पे मतलब, पे पे मतलब सॉरी हमारे हमारे महीने महीने एक एक हो हो गया फिर ने नेक्स्ट रात गई तो मतलब, इस अब इसमें होता है क्या कि मकर संक्रांति आती है जनवरी आएगी जो जो मकर संक्रांति आती है वहां से लेके कर्क -कर राशि तक यानी मोटा मोटा अगर इसमें बताएं तो समर उसमें सीजन में समर समर बोलते हैं समर के छह मंथ यानी जनवरी से जुलाई जनवरी से जुलाई इसको बोलते हैं उत्तरायण उत्तरायण होता है इसमें कोई अगर शरीर छोड़ता है तो नरक नहीं जाता शरीर छोड़ता है तो उसके कम परसेंट होते नर्क नहीं क्योंकि दिन उजाला होता है ना उजाला होता है मतलब उत्तरायण चलता हूं तो स्वर्ग में क्या है दिन हो रहा है उस टाइम उत्तरायण समय बोलते हैं ठीक है तो उत्तरायण बोलते हैं तो ये सिर्फ डे का है उसके बाद फिर जो अगस्त से दिसंबर का समय आता है अपने यहां पे, ठीक है जो छह मंत्र है इसको बोलते हैं दक्षिणायन उत्तरायण और दक्षिणायन ठीक है उत्तरायण और दक्षिणायन बोलते हैं ये स्वर की रात होती है इसलिए इसको बेकार समय बोलता हैं। मतलब अगर कोई शरीर त्याग रहा है अगस्त से लेके दिसंबर तक तो गड़बड़ भक्ति की बात नहीं हो रही है यहाँ पे सामान्य चीज की बात हो रही है और अगर कोई हाँ। जनवरी से जुलाई निकालता है तो वो दिन अच्छा अच्छा उत्तरायण दक्षिण कौन से लोग भक्त होते हैं मैं सामान्य लोगों की तो बता रहा बताऊंगा सामान्य लोग मतलब कि चांस कम होते हैं कि अंदर के मतलब की उनके चाँस कम होते मतलब उजाले दिन में जैसे ना उदरिया में जाते हैं वो तो अंधेरे में जाते तो वही जाते हैं अंधेरे में तो जैसा उनके कर्म होगा वैसा है लेकिन उसमें क्या है थोड़ा अच्छा दिन रहता है ना जैसे मान लो एकादशी का दिन है उसमें मर गया, गया। तो एकादशी का दिन तो अपना प्रभाव दिखाएगा ना भले उसने पाप करे दिन तो कुछ प्रभाव दिखाएगा ना तो इसी तरीके से दक्षिणायन उत्तरायण इस तरीके से है ठीक है तो समझ में आ गया स्वर्ग ब्रह्म का ब्रह्मलोक का समझ आ गया समय सीधा है ब्रह्मा के बारह घंटे में चौदह मनु होते हैं और एक मनु जब मरते हैं कब जब एक युग निकल जाते हैं और एक युग कितने साल का होता है तैतालीस लाख बीस साल का तो फिर तैतालीस लाख साल एक बार लाख साल दो बार बार ऐसे कर देंगे तब एक मनु मरेंगे उसके बाद दूसरे मनु आ जाएंगे फिर तैतालीस तैतालीस लाख बीस साल एक फिर इकहत्तर तक फिर दो मरेंगे ऐसे पूरे चौदह मरेंगे तब ब्रह्मा जी का दिन होगा ऐसी ब्रह्मा जी की एक रात है तो ब्रह्मा जी के दिन में और रात में होता क्या है वो अगले श्लोक तो तो में आएगा तो उसमें बताएंगे ठीक है बहुत लंबा समय इसीलिए तो उच्च लोग होते हैं वो जाना चाहते हैं, चाते हैं। हाँ। के भोग भो तो तो लेकिन भगवान का मृत्यु वहां भी है मृत्यु जनम मृत्यु ना इसलिए जाना चाहते हैं ठीक है ओके तो हम कहा ठीक है तो भगवदगीता में अब ये जो चल रहा है भगवदगीता में वैसे तुमने शुरू में देखू पांच टॉपिक है जीव अः जीव, जीव और भगवान और प्रकृति और कर्म ऐसे करके और काल तो अभी यहाँ पे काल की बात चल रही है ना मतलब समय की बात चल रही है ना तो काल का टॉपिक चल रहा है पे तो दिन और रात्रि को जानने वाले हैं इसमें क्या बोलते हैं मतलब जानते हैं ना है ना विधो विधो मतलब जानना जानने वाले हैं तो कौन जान सकता है अब ब्रह्मा के दिन को कौन जान सकता है आप मान लो हम यहाँ दिन रात को जानते हैं अभी अपने अपने यहाँ का दिन नहीं जानते लेकिन अगर कोई रात को कीड़ा ने जन्म लिया और रात के उसने सब कुछ अपनी जिंदगी जी के और सुबह ही मर गया तो वो जानता है कि दिन को तो रात को ही जानता है दिन होता है कुछ नहीं होता है तो इसी तरह से ब्रह्मा के दिन और रात को हम क्या जानेंगे हमने देखा ही नहीं मतलब ब्रह्मा के दिन रात को हम तब जानेंगे जब तो हम जिंदा होंगे उसमें हम तो दिन दिन में ही दिन दिन में जन्म <avic |en|> लिए दिन में मर जाते हैं दिन में भी मर रहे हैं ना दिन में जन्म लिया दिन में ही मर रहे हैं दिन में जन्म लिया दिन में ही मर रहे हैं रात को तो व्यक्त हो सब कुछ गर्भोदय विष्णु समा जाता है हाँ तो वही तो अभी दिन चल रहा है ना हम है तो दिन चल रहा है उनकी रात में क्या होता है जो अव्यक्त जीव जितने होते हैं ना सब गर्वते विष्णु के गर्भ में चले जाते हैं पानी से भर जाता है पूरा ब्रह्मांड ब्रह्मलोक तक पूरा भर जाता है दो तीन लोग छोड़ के पानी तक पूरा पूरा अंडे मतलब अंडा टाइप है पूरा गर्भ वो पानी से भर जाता है और जब ब्रह्मा जी सो जाते हैं फिर उसके ब्रह्मा जी का जब दिन आता है तो पानी नीचे आता है और सारे जो जीव होते हैं वापिस जाना जिसकी वजह से कर्म होगी फिर से स्टार्ट फिर से ऐसे दिन फिर से ऐसे चलता रहता है जन्म जन्म भरण ये चक्कर ऐसे चलता रहता है बड़ा हैवी है नहीं ऐसे नहीं है कि ऐसे ही चलता है ठीक है तो जो कौन जानते हैं तो बता रहे देखो जो लोग महर महर लोग, तप तपलोक जन लोक में रहते हैं वो जानते हैं ब्रह्मा जी क्यों क्योंकि जो महर लोक है वहां से नीचे नीचे नष्ट होता है जब ब्रह्मा जी का दिन खत्म होता है उससे बाद नष्ट होता है पानी भर जाता है तो वो सारे अपने लोग खाली करके कहा जाते ब्रह्मा के पास चले जाते हैं तो उनको पता है ना कि ब्रह्मा की अवरात्रि शुरू हो गई अब ब्रह्मा का दिन हो गया तो वो लोग जानते हैं तो वो विधु का मतलब हो रहा है कौन जानता है तो उच्च लोगों के वो जानते हैं कि जैसे ब्रह्मा के दिन है ब्रह्मी रात। जैसे हम जानते हैं यहाँ पे दिन है रात है पर कीड़े मकोड़े नहीं जानते लेकिन हम जानते हैं क्योंकि हम देख रहे हैं ना इस तरीके से इस तरीके से बताया गया तो ऐसे ही हम मानवीय लोग क्या समझ पाएंगे दिन रात क्या है ब्रह्मा जी का हम क्या समझ पाएंगे कुछ नहीं समझ पाएंगे जैसे पड़े हैं वैसे तो इसलिए बोला जा रहा है कि जनलोक महरलोक तपलोक ये नष्ट नहीं होते ये सब ब्रह्मा के पास जाते हैं और फिर यह चक्र ऐसे ही चलता रहता है मतलब तो तो ब्रह्मा पे तो ब्रह्मा खुद लेके समेत कहा चले जाते हैं गर्भोत्साह विष्णु हैं है। जैसे एक अंडा समझ लो ऐसे करके एक, एक अंडा समझ लो ऐसे करके जैसा कल बताऊंगा मैं उस अंडे पे पूरा जल भराया अंडे तक और जल भराया तो वहां पे फिर गर्भोत्साह विष्णु लेटे हैं और उनके नीचे पूरे शेषनाग हमसे शेषनाग लेते हैं। और जो जो, जो गर्भ विष्णु लेटे वहाँ से एक नावी जो निकली है ना सबसे ऊपर टॉप पे ब्रह्मा बैठे हैं और बाकी ये चौदह पैलेट जो लोक हैं, वो चौदह लोक हैं पूरे तो जब वो महाप्र होती है तो पूरा पानी ऐसे आ जाता है पूरे वहां तक पानी लोकवाद में आ जाता है तो वहां से वो लोग खाली करके ब्रह्म चले जाते हैं और ब्रह्म लोग उसमें जाके गर्भ विष्णु के पेट में जाके बस सुप्त अवस्था में सुप्त अव्यक्त अवस्था में रहते हैं सर और जब दिन आता है तो फिर उठ जाते हैं वो जाते लेकिन रात होती कितनी बड़ी है ये पूरा पूरा युग बताए ना और दिन रात एक दिन ही तो हुआ दिन रात एक दिन ऐसे दिन एक साल सौ साल तब ब्रह्मा जी की खत्म होती है है तो वैसे मैं इसमें पूरा बताता हूं, पूरा बताता जो है, ब्रह्मा जी की पूरी आयु है तो क्या थ्री हंड्रेड इलेवन ट्रिलियन और फोर्टी बिलियन ट्रिलियन बिलियन इसमें आ रही है ये ब्रह्मा जी की आयु है ठीक है ब्रह्मा जी को बोलते तो हैं फिर दूसरा ब्रह्मा आते हैं। ये तो ब्रह्मा जी की आयु भी बताया जा रही है ना ब्रह्मा जी का लोक कब तक रहता है फिर ब्रह्मा जी का लोक भी खत्म हो जाता है तो फिर उसका ब्रह्मा जी आते हैं ये ऑडियो इनका ऑडियो ज्वाइन ही नहीं हो रहा ठीक है पर कहां गया हाँ ठीक है देखो तात्पर्य भौतिक ब्रह्मांड की अवधि सीमित है यह कल्पों के चक्र रूप में प्रकट होती है एक चीज और नहीं बता मैंने जो ब्रह्मा का जो पूरा दिन बताया ना हजार चतुर्युग इसको एक कल्प बोलते हैं क्या बोलते हैं एक कल्प ठीक है और रात्रि को क्या बोलते हैं कल्प रात्रि को क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं आ रहा पर दिन को कल्प बोलते हैं दूसरा कल्प ऐसे कितने कल्प होते हैं मतलब ब्रह्मा कितने कल्प ते ते ते, कल्प तक जीवित रहते हैं वो का एक दिन चतुयुग सत्युगे त्रेता द्वापर तथा कली चतुर्युग है पूरा ऐसे मन हो जाता है ठीक है याद रखना सत्युग में सदाचार सत्युग में सदाचार ज्ञान तथा धर्म का बोलबाला रहता है मतलब जो सत्युग आता है तो हंड्रेड परसेंट धर्म रहता है पाप की कोई जगह नहीं रहती और धर्म का बोलबाला रहता है और अज्ञान तथा पाप का एक तरह से नितान भाव होता है मतलब होता ही नहीं है पाप यह युग कितने होता है सत्रह लाख अट्ठाईस हजार तक चलता है त्रेता युग में पापों का प्रारंभ होता है देखा ना कौन आया था त्रीत युग में रावण रावण आया था रावण आया था त्रीत युग में पापों का प्रारंभ होता है और यह युग 12 लाख छियानवे हजार वर्षों तक चलता है।, युग में सराचार, धर्म का होता है और पाप बढ़ते हैं मतलब धर्म का होता है, पाप बढ़ने लगते हैं कंस आ गया मामा को मार रहा है मतलब भांजी को मार रहा है और यह कब तक चलता है आठ लाख ,00, चौसठ हजार वर्षो तक चलता है सबसे अंत में आता है कल युग जिसे हम विगत पांच हजार से भोग रहे हैं आता है जिसमें कलह अज्ञान अधर्म तथा पाप का प्रधान रहता है और सदाचार का प्राय लोग हो जाता है तो देखो ये जो तो हजार चक्र होते हैं तो क्या आपने बायस्कोप का एग्जाम्पल दे रहे थे प्रभु जी जैसे बायोस्कोप होता है ना तो उसमें अल अलग अलग डिजाइन निकलती रहती है एक नहीं ऐसे रील दिखाते हैं इसी प्रकार हमारा जीवन का भी हमारा जीवन भी बायोस्कोप है जो कि हर जीवन जैसे अपन हो रहा है ना एकदम एकदम रील चल रही है इस जन्म ये बने इस जन्म में ये होगा इस जन्म में ये मतलब जन्म जन्म चल रहा है ना जल्दी -जल जल्दी हमें लग रहा है कि हम बहुत जी रहे हैं लेकिन ब्रह्मा के आयुष्यू तो देखो ना कि हमारा कितना है जीवन चुटकी है ना कुछ भी नहीं चिंगारी आई उससे भी कम है तो रील चल रही है ना एकदम तुरंत ये जीवन मिला ये जिया तुरंत दूसरा जीवन ये मिला जल्दी चल रही है ऐसे करके तो कहाँ चित्त लगा पाएंगे वहां है ना कहा चित्त लगेगा तो इसीलिए कह रहे हैं कि इसलिए लोग फिर यहाँ पे लगे रहते हैं मान अपमान लाभ हानि इसमें फंसे रहते हैं भाई ये सब छोड़ो और क्या करो हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे खुणा, हरे खुणा, खुणा, खुणा, हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे ये करो क्योंकि अब देखो ना अपना है कितना जैसे बाइसकोप की रील निकली ना तुरंत दूसरी कर दी एकदम ऐसे ही अपना पूरा जीवन एकदम रील की तरह एकदम तुरंत निकलेगा दूसरा जीवन आ गया फिर निकला ऐसे निकलते जा रहे हैं निकलते चक चक चक जल्द जल्द निकलते जा रहे हैं उसमें फंसे रहते हैं मां मेरा ये तेरा मेरा तेरा है ना उसमें मेरा तेरा में जबकि है कितना ऐसे भी नहीं चुटकी टाइप की ठीक है और कह रहे हैं प्राय लोप हो जाता है किसका लोप हो जाता है जो कलयुग है तो उसमें बिल्कुल क्या है मतलब पूरा कलह लड़ाई झगड़े ये सब स्वाभाविक है तो इसलिए आश्चर्य न आश्चर्य मत करो मुस्कुराओ के हम कलियुग में अगर कहीं लड़ाई हो रही दंगे हो रहे हैं मतलब लड़ाई हो रही है बन नहीं रही है बहस चल रही है तो इसमें दिक्कत क्या है वो पहले ही है ना कलयुग का है तो उसमें दिक्कत क्या है मुस्कुराओ कि कलयुग में हो ना तो ऐसा होगा ही ठीक है ना और स्वाभाविक है तो ये कलह लड़ाई होगी तो कलयुग के दोषों की चर्चा करने से अच्छा है कि हम भगवान का नाम लें मतलब उसने ये कर दिया उसके है इसकी चर्चा तो बंद करोगे तो होगा ही होगा कलयुग में तो ये चर्चा बंद करके कलियुग के, के दोष में एक अच्छी चीज हुई भगवान का नाम भगवान के नाम से तर्जाओगे तो फिर भगवान के नाम से तर्जाओगे तो भगवान का नाम लेना चाहिए हमें में यह युग चार लाख बत्तीस चार वर्षो तक चलता है कौन सा जिसमें मतलब इस युग में पाप यहाँ तक बढ़ जाते हैं कि इस युग के अंत में भगवान स्वयं कल अवतार धारण करते हैं असरों का सहार करते हैं भक्तों की रक्षा करते हैं और दूसरे सत्यों का स्वरंभ करते हैं तो ये आएंगे भगवान आएंगे आ, कली कलकी आएंगे लेकिन बहुत सारी कलकी आ चुके हैं डुप्लीकेट कल्की ठीक है घोड़ा है नहीं सफेद उनके पास पता नहीं कैसे कल तो कह रहे हैं कि लोग कहते हैं अरे कलू भी इतना बढ़ रहा है पाप पढ़ रहा है भगवान आते है क्यों नहीं धर्म रक्षा करने के लिए तो कहते हैं अरे भाई भगवान आए तो सबसे पहले तुम्हारी गर्दन काटेंगे तुमने खूब मुड़के खाए हैं ना मान लो आएंगे तो क्यों आएंगे जो दुष्कृत लोग हैं जो पापी लोग मानने के लिए तुम्हें तो, तो पापी हो ना तो अच्छा है ना नहीं आ रहे तो बचे अभी तक नहीं आ जाएंगे तो गर्दन तुम्हारी कटेगी अभी तक भगवान बहुत प्रेम भाव से नाम हरि संकीर्तन दे रहे हैं कि नाम लो नाम लो तुम सुनोगे नहीं तो फिर लास्ट में क्या आएंगे सिर्फ तलवार लेके आएंगे और घोड़े पे आएंगे सुनेंगे नहीं प्रिय नहीं कहेंगे नाम लो अब नाम मत लो अब सीधा बस खेल खत्म होगा आप सीधे गर्दन काटेंगे सीधा इस तरह क्रिया यह क्रिया निरंतर चलती रहती कौन सी क्रिया जन्मवृत्ति चलती रहती चक्र चलते रहते हैं ये चारों योग एक सहस्त्र चक्र कर लेने पर ब्रह्मा के एक दिन के तुल्य होते मतलब हजार चतुर्युग जब हजार चतुर्युग हो जाते हैं तो ब्रह्मा का एक दिन हो जाता है इतने ही वर्षों की उनकी रात्रि होती है तो ब्रह्मा की ये जो वर्ष की गणना के अनुसार पृथ्वी के यानी अभी मैंने बताया था ना पीछे कितना है थ्री हंड्रेड इलेवन ट्रिलियन और फोर्टी बिलियन ये वर्ष हैं ब्रह्मा के वर्षा के तुल्य हैं इन गणनाओं से ब्रह्मा की आयु अत्यंत ना समाप्त होने वाली लगती है ऐसा लगता है ना इतनी आयु हो मान लो सौ साल में सोचते बहुत है और ये कितने हैं तो सोचो ऐसा लगेगा ना ना खत्म होने वाली है कभी आई लेकिन समय क्या है टिक टिक टिक टिक टिक चलता ही रहे वो कभी रुकने वाला नहीं है भाई तुम तो अपनी गड़ी बंद करते हो तो एक दिन आएगा आएगा वो जैसे हम देखते है ना कि जब कभी शादी होती है कहीं फंक्शन है कोई डेट होती फेवरेट तब इंसार करते हैं ना दो महीने पहले से ही और वो डेट आएगी भी निकल भी जाएगी और फिर घर आ जाओगे वापस मतलब गांव चलेगा फिर आ गए अब जैसा दिवाली का इंतजार करेंगे दिवाली आएगी निकल जाएगी फिर दिवाली अंदर तो ये कंटिन्यू चलता ही रहेगा टिक टिक तो एक दिन ये समय भी आ जाएगा थ्री हंड्रेड इलेवन ट्रिलियन बिलियन ये भी समय आएगा ये भी जाएगा और जब कोई भूख करता है तो और जल्दी होता है ना अच्छे चीजों में जल्दी समय निकलता है ना तो ये दुख में समय लेट निकलता है अल्प है ठीक है तो इन घटनाओं से ब्रह्मा की आयोग विचित्रता न समाप्त होने वाली लगती है किंतु नित्यता की दृष्टि से यह बिजली की चमक जैसी अल्प है ब्रह्मा की आयु ऐसी लग रही है कि ना खत्म होने वाली लेकिन अगर हम नित्यता की दृष्टि से देखें मतलब भगवान के टाइम से देखें तो क्या है एक चिंगारी यानी ब्रह्मा की एज क्या बता रहे हैं चिंगारी मतलब कि जो विष्णु है ना महाविष्णु वो क्या करते हैं सांस ली तो ब्रह्मा का एक दिन खाता सांस छोड़ी तो ब्रह्मा की रात मतलब सांस जब ली तो रात शुरू होगी ब्रह्मा की सांस छोड़ी तो ब्रह्मा का दिन शुरू हो गया ये है बस इतना और यहाँ पे कितने साल है तो हम क्या हैं फिर बताओ ना हम क्या हैं फिर इसके सामने कुछ है हम कुछ भी नहीं तो इसलिए शास्त्र कहते हैं और आचार्य गण अपने कहते हैं कि वह और कोई सेवा ना करे तो हमें इसमें और कोई सेवा कर पाए ना कर पाए पर हरिनाम श्रवण हाँ श्रवण जरूर करना चाहिए क्योंकि सारी चीजें श्रवण से ही होती है क्योंकि कह रहे हैं कि तो श्रवण कर ले श्रवण करके जी जाए तो जी जाए क्यों बोल रहे हैं क्योंकि जो भक्ति नहीं कर रहे हैं श्रवण नहीं कर रहे हैं वो तो ऑलरेडी मरे हुए हैं पहले से तो तुम श्रवण करके जी जाओ बस मतलब ब्रह्मा की अब ब्रह्मा की ये है कि थोड़ी चुटकी तो तुम्हारी थोड़ी लाइफ है तो इतने से में तुम बस जी जाओ कैसे मरोमत मतलब, मरो मत। मतलब भगवान का श्रवण करते रहो बस तो पार लग जाओ मान लो थोड़ा सा समय है ना आप देखेंगे सौ साल तुम्हारा तो थोड़ा समय तो उस थोड़े समय हम जी जाए कैसे मतलब जी ले बस इसको मतलब जी ले मतलब भगवान का श्रवण कर ले भक्ति कर ले उसको जीना बोल रहे तो मानव जीवन है सुनें भगवान के बारे में क्योंकि बाकी सेवा सुनने से श्रवण से जरूरी है तो बाकी सेवा भक्ति तो कह रहे हैं कि अगर श्रवण नहीं करेंगे तो बाकी अगर भगवान की सेवा कर रहे तो भक्ति में काउंट नहीं होगी वो श्रवण कीर्तन अगर हो रहा है सुबह शाम तो बाकी जो दोपहर की जो भी सेवा है वो सब सेवा भक्ति में काउंट होती है ठीक है कर्णाव कर्णार्डव में असंख्य ब्रह्मा अटलांटिक सागर में पानी के बुलबुलों के समान प्रकट होते हैं और लोभ होते हैं दूसरी तरह बता रहे मान लो Uh, समुद्र है बुलबुले आते हैं उसमें बुड़ बुड़ बुड़ बुड़ बुड़ बुड़ ऐसे ब्रह्मा आ रहे हो रहा है, है, हो है। परिवर्तित होते रहते हैं इस भौतिक ब्रह्मांड में ब्रह्मा भी जन्म जरा रोग और मरण की क्रिया से अछूते नहीं है तो यहाँ पे कर देखा स्वर्ग में तो सिर्फ लोग गिरते हैं जन्म भी वो नहीं होता तो ये जनरली प्रोपात जी बोल रहे हैं ऐसा नहीं कि ब्रह्म बूढ़े हो जाते हैं ब्रह्मा बूढ़े नहीं होते ठीक है ब्रह्मा बूढ़े नहीं होते इंद्र बूढ़े नहीं होते ऐसा नहीं कि इंद्र हो गए फलस्वरूप उन्हें तुरंत मुक्ति प्राप्त हो जाती है यहाँ तक की सिद्ध सन्यासी को भी ब्रह्मलोक भेजा जाता है जो इस ब्रह्मांड का सर्वोच्च लोक है किंतु काल क्रम से ब्रह्म तथा ब्रह्मलोक के सारे वासी प्रकृति के नियम अनुसार मरणशील तो मरणशील है मतलब कि भगवान के धाम जाके ही हम पूरी तरह मुक्त हो सकते हैं बाकी किसी भी ग्रह पे जाके किसी भी लोक पे आके हम पूरी तरह से मुक्त नहीं हो सकते, भी। भी हो सकते और बता रहे हैं कि अछूते नहीं है जनरली होता ठीक है मुक्ति प्राप्त होती है मतलब जो ब्रह्मा शरीर छोड़ने के बाद भगवान के पास चले जाते हैं तो यही मैं बता रहा था ठीक है ओके कौन था जो ऑडियो ज्वाइन नहीं ठीक है ओके ओके okay. जगतगुरु गुरु शील प्रुपाद की जय श्रीमद गीता की जय निताय निताई गौर प्रमानंदे हरि हरि गो हरे कृष्ण